महाभारती को वंदन आप सभी को नौ वर्ष की शुभकामनाओं का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विदासी पांडे आप सभी के समक्ष तुला राशि के जातकों कैरियर राशिफल 2020 प्रस्तुत करने जा रहा हूं दर्शकों यदि आप लोग अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि 2020 नया साल क्या कुछ लेकर के आया है तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा इसको स्किप मत करिएगा भगाइएगा नहीं क्योंकि कोई भी चीजें उपाय वगैरह निकल जाएंगे तो आपको फिर से देखना पड़ेगा और आपका समय बर्बाद होगा और बहुत लंबा भी ये वीडियो नहीं है तो दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेकिन तुला राशि के जात वार्षिक राशिफल दो हमारे चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग जाकर करके देख सकते हैं अंक ज्योतिष के के अनुसार राशिफल आधार पर भी और तब देखिएगा भविष्यवाड़ी कहते किस को है नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट रनरेट से हमारी बैटिंग चल रही भविष्यवाड़ी के मामले में तो चलिए ये तो अपनी बात थी तुला राशि के जात को कैरियर राशि फल 2020 क्या कह रहा है तो साहब इस साल ये संकेत दे रहा है कि तुला राशि के जात को इस वर्ष आप अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल करने जा रहे हैं आपकी राशि से करियर भाव के स्वामी देखिए बनते हैं चंद्रमा जो कि वर्ष की कुंडली में काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे जिससे आपके करियर में नई नई संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं कुछ अच्छे ऑफर आपको इस वर्ष आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तमाम मल्टीनेशनल कंपनी से आ सकते हैं यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी परिवर्तन का भी योग बन रहा है किसी बड़े पद पर आप जा सकते हैं इस वर्ष आप खूब मन लगा करके काम करने वाले हैं जिसके फलस्वरूप आपको नई जिम्मेदारियां नई उपलब्धियां मिल सकती हैं आपके अपने कद के हिसाब से अपने पद वेतन में वृद्धि के योग भी ये साल लेकर के आया हुआ है आपको बस करना क्या रहेगा कि पूरे परता के साथ पूरी एकाग्रता के साथ काम करना है जॉब चेंज करने का यदि नौकरी बदलने का परिवर्तित करने का ख्याल आपके मन में आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा दूसरी जगह से जब ऑफर लेटर आ जाएगा तभी पहली जगह को क्विट करिएगा और आपको अच्छी ग्रो मिलेगी एक बात और बता दें शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ने से देखिए एक प्रकार का जब ये लोग साथ बैठते हैं तो विषयोग बनता है लेकिन कुछ आपके मन में उथल पुथल रहेगी तो कार्यों को सावधानी पूर्वक करना होगा अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का जो है धन का अनैतिक सोर्स मत अपनाइएगा घूस इत्यादि मत लीजिएगा अन्यथा फंस सकते हैं तुला राशि के जातकों को इस वर्ष करियर के मामले में जो है थोड़ा सा मेहनत करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे परिश्रम आपको बहुत अधिक करनी होगी तब आपको जाकर के फल मिलेगा इस साल आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर अधिक ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं इससे होगा क्या कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे संबंध बनेंगे और बेबाकी से अपनी राय अपने विचार अपने सीनियर्स के साथ अपने उच्चाधिकारियों के सामने आप लोग रख सकते हैं तुला राशि के जातकों कैरियर के मामलों में सफलता देने वाला जो है ये साल रहेगा ये आप लोग बिल्कुल गाठ बांध लीजिए नोट कर लीजिए स्वयं का जो लोग व्यवसाय करने के इच्छुक हैं तो परिजनों का अपेक्षित सहयोग आपको मिलेगा आपके घर में आपके माता पिता आपको कुछ धन देंगे और जनवरी के अंतिम दिनों में शनि आपकी राशि से केंद्र में आ रहे हैं शनि पंचम के स्वामी होकर के केंद्र में आ रहे हैं स्व होकर के जो है बैठे हैं जो कि आपके मान सम्मान में वृद्धि का यहाँ पर योग बना रहा है पदोन्नति की तमाम तुला राशि के जातकों के लिए संभावनाएं रहेंगी और 30 मार्च को देखिए दर्शकों एक चीज और बता दें गुरु भी शनि के साथ विराजमान होंगे यहां पर नीच नीचभंग राजयोग बनेगा मतलब में गुरु उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं शनि स्वग्रही मकर राशि में तो यहाँ पर नीच भंग का का राजयोग निर्माण कर रहा है। इसका लाभ कैरियर के मामले में भी आपको मिलेगा मई माह में आपको सचेत रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं इस समय अगर आपके कामकाज में चूक हुई तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपके मान सम्मान व प्रतिष्ठा में कुछ कमी आ सकती है कार्य क्षेत्र में वक्री शनि की दृष्टि जो पड़ेगी जिससे आपको चुनौतियों का सामना करना जो है पड़ेगा तो इन चुनौतियों को सामना करने के लिए हम उपाय भी बताएंगे उसको भी आपको करना होगा लेकिन जो शनिदेव रहेंगे दशम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे जिससे चुनौतियों का आप लोग डट कर मुकाबला करेंगे शनि के साथ कुछ समय पश्चात गुरु भी देखिए दर्शकों वक्री हो रहे हैं इस समय काम में आपका मन थोड़ा सा कम लगेगा तो जो भी आपको टास्क दिया जाएगा उस पर आप खड़े नहीं उतरेंगे तो थोड़ा सा छुट्टी पे चले जाइएगा ब्रेक ले लीजिएगा तो बेहतर रहेगा अः एकाग्रता के साथ इस साल आपको काम करने की यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं अगर आप एकाग्र नहीं होंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे तुला राशि के जातकों कैरियर राशिफल के अनुसार सितंबर तक का समय व्यवसायिक तौर पर उतार चढ़ाव भरा रहने के आसार हैं किसी को भी यदि आपने पैसा दिया हुआ है तो आपको वापस नहीं मिलेगा आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे 13 सितंबर को गुरु के मार्गी होने से आपके कार्यों में तेजी आएगी आपके जहन में जो विचार पिछले काफ़ी समय से चल रहे थे वो साकार होने का समय भी अब आ गया है हालाँकि प्रतिस्पर्धियों से सचेत रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं आपके अपने जो है क्या कहते हैं आपको कुछ नीचा दिखाएंगे आप जिस जगह पर कार्य करते हैं कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु आपके दुश्मन ज़्यादा बनेंगे तो इनसे आपको बचना रहेगा सितंबर माह में राहु का राशि परिवर्तन भी देखिए दर्शकों हो रहा है तो आपके कामकाजी जीवन में तेजी से संकेत करने के जो है ये योग दिखा रहे हैं कि आपके जो रुके हुए काम हैं वो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और काफ़ी अच्छा समय रहने वाला जब ये राहु का राशि परिवर्तन होगा केतु का राशि परिवर्तन होगा तो कुल मिलाकर के एवरेज रहने वाला है 2020 आपके लिए और करियर के मामलों में उपलब्धियों भरा रहेगा एवरेज का मतलब ये नहीं कि बहुत ही बेकार आपका जाएगा या बहुत ही अच्छा नहीं जाएगा उपलब्धियों भरा रहेगा लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा इस साल आपको प्रमोशन मिलेगी आप जहाँ पर भी ट्रांसफ़र चाहते हैं आपको ट्रांसफर के योग मिल रहे हैं आप अपने मनपसंद जगह पर ट्रांसफर करा सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों देखिए अगर आप गलत काम करेंगे हाथों पकड़े जाएंगे आपको सावधान रहना है ज्योतिष देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि आप पकड़े जाएंगे तो आप घूस ही मत लीजिए काम खत्म या जो है कोई भी अनिधि का काम मत करिए ज्योतिष देखिए यही होता है कि आपके भविष्य में क्या घटित होने वाला होता है ये बता देता है अब आप लोग कहते हैं कि पंडित जी आपने बताया ये तो घटित होगा तो जो होगा वो होगा देखा जाएगा उपाय का जरूरत है करने की तो शाह एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब आप बीमार होते हैं जब आपके शरीर में व्याधि आती है तो भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब बीमार हैं बुखार है खांसी आ रही है दवा दे दीजिए क्यों जाते हैं क्योंकि वो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है भाई ऐसा तो है नहीं कि आप बीमार हुए या नेत्र में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इंजीनियर के पास चले गए कि दवा दे दो नहीं जाते हैं ना वो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है घर बनवाना होता है तो आप इंजीनियर के पास जाएंगे अर्गीटेक्ट के पास जाएंगे तो इसी प्रकार से जब आपके भाग्य में रुकावट आती है तो आप क्या करेंगे किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे और उनके द्वारा बताए गए उपायों को आप प्रॉपर करिए डॉक्टर के पास जाते हैं उनका कोर्स तो तीन महीने छः महीने साल भर का कर, कर लेते हैं लेकिन ज्योतिषी अगर कुछ बता देगा तो आप लोग हफ्ते भर वो उपाय करेंगे हफ्ते भर में अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग उपाय छोड़ देते ये आप लोगों के अंदर बहुत ही बड़ी कमी है और इस बात से हम बिल्कुल भी आप लोगों के संतुष्ट नहीं है कि एक हफ्ते में कोई ज्योतिषी आपका भाग्य बदल दे दूसरा दृश्य को आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे ज्योतिषियों से सावधान रहिएगा कि जो कि घर बैठे ही आपका भाग्य बदल देते हैं ज्योतिष में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है वो लोग अपना धन भर लेंगे आपका पैसा ले लेंगे और अपना कोष वो भरते रहेंगे तो ऐसे जो है जो मक्का टाइप के ज्योतिषी हैं इनसे आपको एलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी उपाय पर आ जाते हैं बहुत अधिक हम जो है लंबा बीडियो नहीं कर रहे हैं उपाय पर आ जाते हैं कि आपको उपाय क्या करना रहेगा देखिए प्रतिदिन दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ आपको करना रहेगा पहला उपाय है दूसरा उपाय करना यह रहेगा मंगलवार वाले दिन गाय को आपको जो है गुड़ मसूर ये आपको खिलाना ही खिलाना रहेगा मंगलवार और शनिवार वाले दिन आपको जो है कव्वों को मीठा चावल खिलाना रहेगा मंगलवार शनिवार के दिन आपको कौ को मीठा चावल खिलाना रहेगा साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाना है अपने घर में हनुमान जी के फोटो को सामने रख करके एक दीपक जला लीजिए और सुंदर कांड का यदि आप पाठ कर सकते हैं संफुट लगा करके संफुट कौन सा रहेगा विश्व भरल पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होट आप लोग लगाइए और फिर देखिए इस संफुट का कितना ज्यादा कमाल आपके जीवन में होता है फिर से सुन लीजिए सुंदर जब आपको करना है तो संफुट लगाइएगा विश्व भरड़ पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई इस संफुट को आप लगाइए और फिर देखिए कि कितनी जल्दी आपको करियर में ग्रो मिलती है एक अंतिम उपाय बता रहे हैं कि सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का एक पाठ जरूर करिए आपके लिए बेहतर रहेगा साथ ही साथ दर्शकों तुला राशि ये करोड़ों लोगों की है आपकी पर्टिकुलर कुंडली हॉरोस्कोप क्या कहती है जन्म के समय सितारे आपके क्या थे तो इसके लिए आप अपनी पर्सनली जो है पर्सनली आकर के हमसे मिलकर के अपनी कुंडली दिखा सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं सुबह दस बजे से शाम छः बजे तक की और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर तो आपकी कुंडली में वास्तव में ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है किस ग्रह की महादशा चल रही है अंतरदशा चल रही है योगनी दशा कौन सी चल रही है आपके करियर के लॉर्ड किस अवस्था में कोई ग्रहण वगैरह तो नहीं लगा हुआ है सब डिविजनल चार्टर्स में उनकी पोजिशन क्या है इस गोचर के जो शनि के गोचर जुपीटर के या राहू के जो गोचर हो रहे हैं इनका वास्तव में प्रभाव आपको क्या मिलेगा तो ये सब जानने के लिए आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण हमसे मिल करके या टेलीफोन के माध्यम से करवा सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों यदि आप अक्षम हैं इसके लिए भी उपाय है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए जब जब हम लाइव होते हैं तो कुंडली जरूर देखते हैं दस तो कुंडली बारह कुंडली जो भी यथा सामर्थ्य होती है फ्री में देखते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक की कैसे पहुँचेगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों से अपील है नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ दर्शकों एक छोटी सी अपील कर रहे हैं कि अपने लिए नहीं कर रहे आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं कि कमेंट में जय श्री राम का आप लोग उद्घोष कर दीजिए या हर हर महादेव कुछ भी आप लिखिए भगवान का देखिए स्मरण करिए जब भी आप किसी भी जो है चैनल पर जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर राम राम का आप लोग जो है जाप राम राम का मंत्र जरूर लिखा करिए क्योंकि यही भावसागर से आपको पार लगाएगा तो दर्शकों कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने ग्रुप में जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम